शब्द शब्द अर्थ दे अर्थ। माँ दे यार मेरी मेरी चिंता चिंता ना फिकर बोरिंग आर वेला लाल अपने बच्चे नो प्यार नाल। बुला बुला जाता है तरीका तरीका खबर जानकारी विच जी विच जावे हर मंग पूरी तैयार हाँ यही नहीं, आगा आ, आ, ए नहीं, आगा। ए नहीं है मर्जी है हाँ कंपलसरी नहीं है ओनली है ओनली, ओनली, वारी जाना, सब कुछ कब खबर कौन दिया बाहर जाऊँ सुनी जरा बहुत मिनट जिन्हें रहना दुख सहना टू बी दिन ऑफ हार्चू तो मैं, मैं खत्म कर करना पे अज आप इतनी का सीधी चला आपू कर दूंगा